तो कर रहा है तामना जय देव दे। रूप ंगण मलिणुरा प्रेमे आलिंगनंदपूजि भवे वाणीन मणे नाम वा माता चिता बंधु सखाव तमेव विद्याण तमेवर्व मम दाएन दे वाचा मन केंद्र पूजात्मना वाकत नारायणा सामयाम अचुत केशव राम नारायण रामोद श्रीघर माधव गोपितावल्लभम जानक्रम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे हृत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे naam kare